ओ मुझे जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा सुनिया गलिया किस होली तू ना ना किसे तू बोलना सुनिया गलिया बोलना देनिया सुनिए गलिया बोलना गई बोले किसी हो भी मरोगे करोगे जे करोगे जे जाने लगे, हो, जाने लगे, हो, लगे हो लगता है कोई और गली जाने लगे हो मुझसे जो जो नजरे लगे लगे हो हो लगता है कोई और गली जाने देखे हम दोनों ने मिलके धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो खाब जो देखे हम दोनों लगे लगे हो हो जो देखे हम दोनों ने मिलके धीरे-धीरे करना तू हो रे बड़े दुआद छड़े दे दे सू प्यार नहीं एना कर बड़ा पछता